इस ज़नोंडी पर तेरे दिल महानी ने वो एक ज़नोंडी पर तेरे दिल महानी ने इको बने तेरे दिल बढ़िया हाँ ने इको